चकानी लिख के आदल से फागुन महीनामा एले, भाजी के बड़ा फागुन महीनामाजी के बड़ा भेज होली में छे भाग भाग के बात बोले छे के बात में बोले छे के बात में बोले छे सैया के अपना फिल गेले यार बेसे रुक काम चलै छे बेसे रुक काम चलै छे रंदा दाल पर खिसियाई छै रे अपन यारवा से बतियाई छै रे जो हेलो आई लव यू तब से गुना महीना महीन भौजी के बड़ा में बलि Jeebi ghar galay, jeebi ghar galay, jeebi ghar galay. Zunna bhal bhaajay, hatt se aada pardi galay, hatt se aada pardi galay, hatt se aada pardi galay. Koshish main la koi ne de la koi re, halaj hoot kab usok ya koi ra de la koi re. Oh, hello, I love you. Jab se. गुना एले भूजी के बड़ा एक